क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द तो इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजारों प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है इसलिए जागृति की आवश्यकता है किसी की रिक्तता को खालीपन को, कोई न कोई चीज़ भरता ज़रूर है भले वो रिक्तता स्थान व्यक्ति या वस्तु की ही क्यों ना जैसे कि एक ग्लास में आधा पानी भरा है तब तो उसके आधा बचे हुए भाग में कुछ और भी भरा जा सकता है ठीक इसी प्रकार हम सबका मन अलग अलग परसेंटेज में शांति प्रेम आनंद सुख की अनुभूति से कहीं न कहीं खाली है उसके अनुसार ही क्रोध व्यक्ति के मन में अपना स्थान बना लेता है जैसे आप देखेंगे कि पानी से भरे हुए ग्लास में, हम और पानी डालेंगे तो क्या होगा पानी बाहर गिर जाएगा बिल्कुल छलक जाएगा इसी प्रकार शांति से प्रेम सुख आनंद से भरे हुए मन में क्रोध का कोई स्थान नहीं अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता भी है तो हम पर उसका असर भी नहीं होगा क्योंकि हम शांति से भरे हुए सुख आनंद से भरे हुए होंगे वो क्रोध हमारे अंदर अपना असर नहीं दिखाएगा या कहें वो हमारे अंदर आएगा ही नहीं कोई भी बात का समाधान शांति में ही वो व्यक्ति ढूंढ लेगा क्रोध को तो समीप आने भी नहीं देगा आप देखिए एक ही बात हो लेकिन एक ही बात को एक ही परिस्थिति को हैंडल करने का तरीका हर एक का अपना अपना अलग अलग होता है कोई उन्हीं बातों परिस्थितियों में बहुत क्रोधित हो जाते हैं डिप्रेस्ड हो जाते हैं उदास या निराश हो जाते हैं या कभी कभी चिल्लाने लगते हैं तो कोई व्यक्ति शांति से उस बात का हल करने का प्रयास करते हैं ये निर्भर करता है कि वह व्यक्ति कितना शांति आनंद प्रेम सुख से भरा हुआ है तो भरपूरता ही समाधान है न कि कमजोरी आप देखिए कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझे क्रोध को छोड़ना है मुझे गुस्से को छोड़ना है मुझे क्रोध अच्छा नहीं लगता लेकिन जब हम छोड़ना है छोड़ना है कहते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं और ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ऐसा होता है ना तो इसका समाधान ही यही है कि हम छोड़ने पर ध्यान न दें लेकिन पकड़ने पर ध्यान दें अब हम ये प्रयास करें ये अभ्यास करें कि मैं शांत हूँ मैं प्रेम स्वरूप हूँ मैं आनंद स्वरूप हूँ एक दिव्य चेतना हूँ ईश्वर की प्यारी संतान हूँ मैं भरपूर हूँ जब हम भरपूर होंगे शांति को पकड़ लेंगे तो क्रोध आपे ही छूट जाएगा जब हम सुख की अनुभूति में होंगे तो क्रोध तो दूर भाग जाएगा तो ईश्वर की याद से उसके सानिध्य से अपने मन को आंतरिक गुणों के अंदर भरपूर करें सशक्त बनाए स्वयं को तो हमेशा अपना ख्याल रखें फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले हल और हुनर के